दोस्तों आज की मिस्टीरियस दुनिया इन हिंदी सीरीज की वीडियो में आज हम एक ऐसे मेले के बारे में बताएंगे जिसे लोग भूतों का मेला कहते हैं इस मेले में लोग बहुत दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान करने आते हैं दुनिया भर में इस मेले को लोग भूतों के मेले के नाम से जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मेले के बारे में बताएँगे जिसे भूतों का मेला कहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं नरसिंहपुर जबलपुर वैसे तो आधुनिक युग में भूत प्रेत की बातें मजाक लगने लगी हैं। लेकिन अंधविश्वास और आस्था के चलते लोग इन पर अब भी यकीन करते हैं जबलपुर संभाग के नरसिंहपुर जिले की सालीवाड़ा गांव में एक ऐसा ही मेले का आयोजन कई दशकों से होता आ रहा है जहा भूतों का मेला लगता है हर प्रकार के भूत यहाँ दिखाई देते हैं इसी आस्था व विश्वास के चलते लोग यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचा करते हैं विचित्र है मगर सच है कि मारे गांव में हर साल लगता है भूतों का मेला गुरुदेवादास समाधि स्थल पर खंभे से चिपकते ही भाग जाते हैं भूत सालीवाड़ा के समीपी ग्राम मारेगा में महाव्दी बारस के दिन आज एक अनोखा मेला लगाया जाएगा यहां प्राचीन काल से उक्त मेला लगाया जा रहा है जिसमें दूर दूर के लोग जुटते हैं इस मेले को भूतों का मेला के नाम से जाना पहचाना जाता है जहां इस मेले में दूर दूर से लोग मेले का आनंद उठाने आते हैं वहीं इस मेले के बारे में मान्यता है कि जो भी किसी भूत प्रेत की बाधा से ग्रस्त होता है उसकी बाधा का यहाँ आकर समाधान हो जाता है ग्राम के बुजुर्गों का कहना है कि ग्राम मारे गाँव में समर्थ गुरु देवादास स्वामी की तपोभूमि है उन्होंने यहां पर आकर तप किया तभी से यहां पर आने वाले श्रद्धालु भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है गुरु देवादास की बड़ी समाधि होशंगाबाद में है इनकी और सहायक समाधियां मारे गाँव उम्रधा मुआन खाबादा आदि स्थानों पर भी है गुरु महाराज के शिष्य आज भी इन समाधियों में रहकर जप तप कर रहे हैं प्राचीन काल से लोग यहाँ पर अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं लोगों का ऐसा विश्वास है कि कोई बीमार है या किसी को भूत प्रेत लग जाए तो उसे खंभे से चिपका दो तो सभी बलाएं दूर हो जाती हैं इसी के चलते कई लोग इसे भूतों का मेला भी कहते हैं वर्षो से लगते आ रहे इस मेले में लोगों पर आने वाली बाधाएं दूर होती है ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के पुरोहित द्वारा झाड़ फूं कर लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है। समाधि समस्या कोई, कोई बाधाएं उसके पास नहीं आती हमने ऐसे कई प्रमाण देखे हैं एक भक्त को भूत प्रेतों ने सताया था धागा बांधने के बाद वह भक्त इन प्रेतात्माओं के कोप से मुक्त हो गया हर वर्ष यहाँ पर मेले में भजन कीर्तन पूरी रात चलते हैं वहीं इस मेले को देखने लोग दूर दूर से आते हैं वास्तविकता में यह संतों का मेला है जिसे लोग भूतों के मेले से नाम से भी जानते हैं गुरु देवादास समिति ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर मेले का आनंद लें और समाधि स्थल में आशीर्वाद लेकर पुण्य लाभ अर्जित करें